तो नमस्कार दर्शकों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो टो बिदासी पे दर्शकों अभी हम अहमदाबाद में हैं और यहीं से आप लोगों से लाइव कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और आज 23 तारीख है रात की हमारी फ्लाइट है लखनऊ की रात में वापसी होगी क्योंकि तो गुजरात के तमाम लोग जो मिलने अहमदाबाद के लोग तो उनमें से कुछ लोगों ने शर्त लगाई थी कि क्या होगा बीजेपी का आपने जो भविष्यवाणी की थी क्या वो सत्य होगी और हमारे साथ जो है आपको रहना है पार्टी जो है हम देंगे उसमें आप आइए अगर आपकी बहुत बड़ी सत्य होती है तो हमने भी जो है बिल्कुल कहा था कि नहीं जो आ रहा है वो आ रहा है और लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व ने नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण किया था उनके बारे में बताया था कि भाई कुछ भी हो साम दाम दंडभेद नरेंद्र मोदी आएंगे ही आएंगे अभी हमने दो महीने पूर्व बीजेपी की कुंडली का एनालिसिस किए और उसमें भी बताए थे कि दो से तीन 20 या 340 शायद ऐसे कुछ थी इतनी सीटें सिर्फ बीजेपी की आएगी और जो भी चीज़ें हमने बताया था जितने लोगों के बारे में बताए थे कि ये लोग चुनाव जीतेंगे फिर चाहे वो रविशंकर प्रसाद जी हो चाहे वो अमित शाह जी हो नरेंद्र मोदी जी तो जीती रहे इसमें कोई इब्ब ही नहीं है और बेगूसराय सीट के भी बारे में बताए थे कि गिरिराज सिंह जी जो है चुनाव वहाँ से जीतेंगे और हमारे लखनऊ से राजनाथ सिंह जी चुनाव जीतेंगे तमाम लोगों ने कई लोगों ने तो इसको सीरियस दिया लेकिन कई लोगों ने इसको हाथ्य का विषय बना लिया तमाम बड़े बड़े जो ज्योतिषी हैं यूट्यूब के बहुत बड़े बड़े चैनल पर जा कर के जो जो है हाथ्य परिहास का विषय कर रहे थे तो उनको एक प्रकार का जवाब है और यहाँ पर देखिए हमारी कोई वो नहीं है ये सब हरी इच्छा है भगवान की इच्छा है और दर्शकों देखिए बताना चाहेंगे जी न्यूज़ का हम बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे उस अंश के कुछ वीडियो जी न्यूज़ ने अपने चैनल पे दिखाए तो एक बार जी न्यूज़ का भी बहुत बहुत आभार और यदि आगे जी न्यूज़ जो है इनवाइट करती है तो जा कर के जो है जी न्यूज़ पर भी जो है आपसे बात होगी और दर्शकों अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा अभी फ़िलहाल जो रुझान आ रहे हैं उनमें तीन सीटें बीजेपी क्रॉस कर चुकी है एन सॉरी क्रॉस कर चुकी है और पूर्णता अब जो आंकड़े आएँगे शाम तक की तो इसी से आगे पीछे जो है 10 20 30 40 सीटें आगे पीछे रहेंगे और उम्मीद करते हैं दर्शकों कि आप अपना प्यार आशीर्वाद भरोसा बनाए रखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी सारी भविष्यवाणियों के लिंक हैं आप लोग जा कर के देख सकते हैं इंड स्क्रीन में आप लोग जा कर के देख सकते हैं फिलहाल अभी लाइव हुए थे और पुनः एक बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को हम अपने और अपने परिवार की ओर से बधाई देना चाहते हैं हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहते हैं और जो भी भविष्यवाणी दर्शकों देखिए की थी ये पूर्णता सत्य हुई है और आप लोग भी देखिए ज्योतिष कैसे काम करता है देख जो है इसको आप देखिए आजमगढ़ सीट के बारे में हमने बताया था कि अखिलेश यादव जीतेंगे तो शायद अखिलेश यादव भी आगे चल रहे हैं फाइनल जो होगा रुझान ये शाम तक की क्लियर होगा और कई सीटें थीं अभी हमें ध्यान नहीं आ रहा है इवन जो है कुछ राज्यों के बारे में भी हमने पहले बताया था लोग मिलने आए थे कि जैसे दिल्ली हो गया उत्तराखंड हो गया और यहाँ पर बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी तो क्लीन स्वीप भी यहाँ पर कर रही है तो दर्शकों आप लोग बस एंजॉय करिए और अहमदाबाद से है खूबसूरत शहर है ये बाहर देखिए रोड्स वगैरह हैं और यहाँ पर बैठ के ही जो है हमने सोचा कि चलिए आप लोगों से लाइव सेशन कर लेते हैं तो यही लाइव सेशन था और हाँ सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो साधु प्रज्ञा के बारे में की थी वो भी आगे चल रही हैं और तमाम लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा था कि आपसे जो है क्या कहते हैं मतलब हमको बहुत ज़्यादा इसी कमेंट में कि आपकी भविष्यवाड़ी पूरी तरीके से गलत होगी तमाम पंडित लोग हैं और YouTube के बहुत बड़े बड़े पंडित लोग हैं जो कि ज्योतिष पढ़ाते भी हैं ज्योतिष के बारे में बात भी करते हैं लेकिन कुछ ज्योतिष लोग हैं जिन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई भाई ज्योतिष का मतलब ही क्या होता है ज्योतिष का मतलब होता है कि खुल के फिर आप मैदान में आओ ना और तमाम लोगों ने कहा था कि आशीष जी अगर आपके भविष्यवाणी जो है गलत हुई तो आपका तो पूरा कैरियर तो ऐसा देखिए नहीं दर्शकों कैरियर किसी का नहीं चौपट होता है भविष्यवाणी है सही गलत होती रहती है लेकिन मेरा मन मेरा मत है कि जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ज्योतिषी हैं उनको एटलीस्ट अपनी राय तो रखनी चाहिए थी भविष्यवाणी तो उनको करनी चाहिए थी लेकिन सब लोग पीछे हुए भले किसी सांसद की कुंडली ना मिले लेकिन ये पार्टी विशेष की जैसे हमने बीजेपी की कुंडली देखी थी तो पार्टी विशेष की कुंडली देख करके उसको बताया जा सकता था बीजेपी बंगाल में अच्छा प्रदर्शन करेगी ये भी हमने आपको बताया था और अगर बंगाल में हिंसा ना हुई होती तो इससे बहुत अच्छा प्रदर्शन करती देखिए साम दाम दंडभेद बंगाल में हर प्रकार की जो है नीति अपनाई गई है ये किसी से नहीं छुपा है तो कोई गोली के दम पर अगर आपकी कनपट्टी पे रख देगा तो मजबूरी रहेगा आउट करना लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी बीजेपी ने वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया आप सभी लोग कहेंगे आप तो बीजेपी के स्पोक पर्सन के रूप में बोल रहे हैं तो भाई देखिए जो जीत रहा है तो उसके बारे में हम क्या बोलें अगर भविष्यवाड़ी की नहीं हारेगी तो हम फिर उसके बारे में बोलते लेकिन ऐसा नहीं है बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है अच्छा काम किया है पर्सनली हम खुद यहाँ पर गुजरात आए हुए हैं और यहाँ के लोग ये शहर यहाँ की रोड्स काफ़ी कुछ बहुत अच्छा रहा और इधर हमने दो दिन काफ़ी यात्राएं की हैं काफ़ी लोगों से मिले हैं गुजरात के और गुजरात में जो लोग भी मिलने आए हैं बहुत बहुत उनका आभार बहुत बहुत जो है साधुआत कि आप लोगों ने इतना प्यार सम्मान दिया तो दर्शकों अब कल मिलते हैं आपके साथ और कुछ स्पेशल प्रोग्राम में एक बात और बताना चाहेंगे अभी तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद अभी देखिएगा कि कुछ स्टेट्स हैं जहां पर बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है आप इसको भविष्यवाणी हमारी कह सकते हैं मध्य प्रदेश कर्नाटक ये दो स्टेट ऐसे हैं जहां पर सरकारें सत्ताएं बदलेंगी कर्नाटक के बारे में हमने पहले बताया था कि बीजेपी की सरकार आएगी और एक दिन के लिए आई भी उसके बाद में जो है गठबंधन वहाँ पर आया अगेन फिर कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में अभी कुछ क्या कहते हैं बीजेपी सत्ता में पुनः वापसी करेगी वहाँ की सरकार गिरती हुई दिखाई दे रही है तो दर्शकों दीजिए इजाज़त बहुत लंबा हम जो है ये लाइव नहीं बना सकते हैं नेटवर्क की भी प्रॉब्लम आएगी शाम तक कि मिलते देखते हैं क्या अपडेट्स आते हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो भी भविष्यवाणी हमने की है ये सही होगी अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रहिएगा और पुनः नरेंद्र मोदी जी आपको हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा ऑटो से कोई जीतेगा तो नरेंद्र मोदी जी, जी जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी जी एक बार पुनः आपको विजय की हार्दिक शुभकामनाएं हालांकि हमने जो है डेढ़ वर्ष पूर्व भी आपको दी थी और दो महीने पूर्व भी हमने आपको दिया था एक हफ्ता पूर्व फिर हमने जो है दर्शकों की मांग पर विश्लेषण किए थे तो इन सब सभी को लेकर के अपने परिवार की तरफ से और आप सब लोग भी मोदी जी को जो है भाई बधाई दे दीजिए तो दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो